तय तो हो गई मस्जिद चला गया मगर इत लेने गया तो कहने लगा के बाद आना अब तो मैंने पानी से इफार कर लिया खाना खाने जाऊंगा तो जमात रह जाएगी कहते हैं शाह के बाद में लाया उसको खाना खिलाया रात गहरी हो गई तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता मैंने लगा कोई अर्ज नहीं कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊं तो रह भी जाता हूं घर वालों को पता है मुसाफिर खान खाना खोला समझिए ड्राइंग रूम बैठक मैंने खोली उसको सुनी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी और साथ कहा की बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती क्या बात है बड़े ही अच्छे का तरबियत या फ्ता है कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गए।, तरस गए थे बेटी कदमों पे चले तजत का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियाँ बीवी कौन है बेटी की आवाज आई अबा जी दरवाजा जल्दी खोले कहते हैं कलेजे फटने लगे जहन बिखरने लगे सोचे हैं कि वो दो एक मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी वो अपनी टांगों पे खड़ी है कभी दौड़ के उधर जाती कभी दौड़ के इधर आती बेटिया परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं और बेटी के घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के शुक्र अदा करते हैं इनके लिए रोते ही रहते हैं कितना तड़प गया बीवी भी, भी, भी रोने लगी बेटे ये क्या हुआ हम तो मायूस होने लगे थे माजअल्ला की अब तू ठीक नहीं होगी क्या हुआ कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है नेक आया है तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया ए अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफाई अता फरमा पूरी नहीं हुई कि मेरा करने लगा और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ कहते हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानी जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया आगे गए तो पलंग खाली था एक रुका छोड़ गया है कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार हो गया है तो फिर मेरे पीछे ना भागना अल्लाह की बारगा में झुक जाना फिर गुनाहों से तौबा कर लेना कहा वो तरबियत याफ्ता जवान आया है और मुझे बदल गया है मेरे भाई माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद को निखारना है उनको सवारना संवारी रोटी की जिम्मे तो तबारक ने लिया हुआ जो ड्यूटी अल्लाह की थी वो माज अल्लाह हमने अपने जिम्मे ले ली है औलाद को रिश्के हलाल की तरबियत करे उन्हें हुक्म दे के वो हाथ ना फैलाए उन्हें कहें वो मेहनत करके खाए लेकिन असल तो उनका इखलाक संवारना बच्चे बच्चे हमारे उनकी पोजीशन इतनी खराब हो जाती है हम लाड प्यार में इतना जिद्दी कर लेते हैं जब जिस बच्चे का माँ बाप के साथ गुजारा नहीं बतलाइए वो बीवी के साथ गुजारा करेगा जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो बहन भाइयों के साथ गुजारेगा जिसका के के साथ साथ वक्त नहीं गुजरता, वो ड्यूटी लगाई कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करें उन्हें अल्लाह से जोड़े तकलीफ में वक्त गुजारा जनाब इसमा रवायत ऐसी भी मिलती है कि तेरह साल हजरत इब्राहिम पलट के गए नहीं बेटे का पता लेने लेकिन जब भी बेटे ने माँ से बाप के बारे में पूछा कि मेरे वाली क्यों नहीं आते तो माँ ने एक ही लफ्ज कहा अल्लाह के नबी और अल्लाह हुक्म से हमें छोड़ गए हैं ऐसी तरबियत ऐसी ट्रेनिंग बच्चे के जहन को बदल डाला उसे अल्लाह वाला बना लिया और हमारे मुफसरीन ने बहस की है कि जनाबी इस्माईल जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो गए उनके सीने में जो राम करीम का इतना प्यार हुआ कि वो गर्तन कटाने पे तैयार हो गए तो ये जनाब की, ये ट्रेनिंग वो नजर था की करामत थी सिखाए किसने इसमाही अदाबर दी मेरे भाई ये जनाब हाजरा ने तरबियत दी एक बहुत बड़े मुहद्दस है इतने बड़े मुहदस है कि मेरे नबी करीम की मस्जिद नबी में वो अदीस के उस्ताद रहे उसरत हसन जनाबी के, जनाब के शागिदे वो भी हजरत रबिया के शागिद हजरत इमाम मालक जो सत्तर साल तक मदीना और मक् में हदीज़ पढ़ाते रहे वो वो भी हजरत रबिया के शागिद इनके वालिद का नाम था अब्दुलरहमान फरोख तारीख बगदाद में लिखा है कि बनु मैया के दौर में ताबीन के जमाने में जनाबे रह रवायत है तो मुसलमान अगले इलाके में चले गए अगला फतेह किया तो अगले इलाका एक के बाद दूसरे लोग पलट के नहीं आते थे हजरत अब्दुल रहमान गए तीस हजार दिनार बीवी को दे गए कहने लगे संभाल के रखना और जिहाद करने निकले तो सत्ताईस साल तक गाड़ी नहीं आई और 27 साल के बाद आए, आए। तो हजरत रबिया मोहदिस बन चुके हैं मस्जिद नबी में के उस्ताद हैं बेटा बहुत बड़ा शेख बन गया है वापस आए हाथ में नेजा है काली दाढ़ी थी सारी सफेद हो गई वजूद बड़ा तगड़ा था कमजोरी आ गई आए नेजा पकड़ा हुआ है घोड़े पे बैठे हैं मदीना मुनवरा में घर है दरवाजे पे दस्तक दी हजरत रबिया ने दरवाजा खोला अंदर दाखिल होने लगे दुकाने लगे बाबा तू किधर घुसता आ रहा किधर उसने कहा तू पीछे हट जाए को गैर नहीं है तेरे वाले गिराब नहीं है ये तेरे वालिद है अंदर आए बाप बेटा मिले असर की नमाज का वक्त हो गया बड़ा रोए सत्ताईस साल के बाद बाप लौटा सत्ताईस साल के बाद बड़े रोए नमाज का वक्त हुआ तो हजरत सेना खाना खाना खाना तो। तीस हजार दिनार दे गया था वो किधर है तो रोजा कहने लगी खाना खा लो असर की नमाज पढ़ के आओ फिर बताती हूँ पैसे कहाँ है आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया असल की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना सादे आम लिबास में मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है सर पर इमामा है खूबसूरत लबोलहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर नबी पाक के मिंबर पर बैठकर पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं आम जगह नहीं नबी पाक के उजूर के मेबर पर बैठकर नबी पाक की दीशे सुना रहे हैं इतना बड़ा मुकद्दर कहते हजरत तो इमाम मालिक जैसे लोग खाजा बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाध कर रहे हैं उनसे दर्श ले रहे हैं जनाबे अब्दुलरमान कहते हैं मेरी नजर उठी कुछ बूढ़ा हो गया था कुछ उस वक़्त वो टोपी में छादे लिबास में थे पहचान न पाया एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है।, है तो जवान पर इसका हदीशे बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया ये कौन है जो तो खामोशी से तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन तो कहने लगे कोई अब्दुल रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग है ये उनके बेटे हैं रबी या नाम है कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे यहाँ सुलक के बाहर आए और मैं हजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा के यहाँ पास सैयद मेरे यहाँसू तो निकल गए मेरी बीवी समझ गई ये मेरे मोहदिस बेटे को देख आया है कहते है बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके तीस हजार दिनार आपके बेटे को मुस्तफ़ा करीम के हदीस का उस बनाने में गज कर दिया मैंने, मैंने वो तीस हजार दिनार खर्च कर दिए दी दिनार जारे जारे जारे जारे जारे। आपका बेटा मैंने।, मैंने तो कहते हैं मेरे साथ नकी की है मेरा बेटा भी दीन के रस्ते पर लगा दिया मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा अल्लाह से जोड़ा उन लोगों ने अपनी औलादों को रब करीम वाला बनाया उन लोगों ने अपनी औलादों को जब इर्शाद फरमाया की छोटी छोटी बुराई एक लुकमा हराम से भी वो लोग बचे और फिर जो आयत नंबर 18 ने कहा के वाला नास। बेटे फेर फेर के ना जा फेर फेर के ना जा अगर आप नाराज ना हो तो हम तरबीय देते हैं, कहते हैं इस बच्चे के साथ ना फिरा कर ये गरीब है इसके साथ न फिरा कर वाला तम से फिलर दे मरा हजरत लुकमान बेटे से कहते हैं मुंह फेर फेर के लोगों से बात ना कर और अकड़ अकड़ के ना चल इनगुल्ला मुख्ताल फकूर अल्लाह को पसंद नहीं जो अकड़ अकड़ के चले और इतराए, अभी भी अभी भी रिवाज है कहते हैं दोस्ती लगाना तो अपने बराबर के दोस्तों से ऐसे ना वो हमारा स्टेटस ही नहीं अभी भी वो फर्क तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो आज, जी आज जी जी का दर्श दिया अपनी औलाद को आज जी जी जी का उनको अदब सिखाया उनको इंकिसारी सिखाई लोगों के अंदर मिल बैठने का दर्श दिया जो आदमी इंकसारी वाला होता है आज वाला होता है यू समझो उसे शहद लगा हुआ है दुनिया खुद उसके पीछे भाग भाग के आती है जो सबके साथ उसने सलूक करने का होता है लोग उसके गर्वीता हो जाते हैं लेकिन जिस आदमी को आप अकड़ना सिखा दें जिस आपके लिए परेशानी वाली हो जाती है मेरे रहमत, आलम, ताला किसी बाप ने अपने बेटे को जो सबसे अच्छा अच्छा तोहफा दिया है वो यह है कि उसने अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दिया है अपने बच्चे, बच्चे को अच्छा हजरत लुक्मान कहते हैं बेटे मुंह फेर फेर के बातें ना करना जमीन पे अकड़ अकड़ के ना चलना अल्लाह को अकड़ने वाले लोग पसंद हारू रशीद ने इमाम की ड्यूटी लगाई कि मेरे बेटे को पढ़ाएं। गारा तो निशाई कहने लगा ये नबी पाक का दीन है ये मैं इसको रुसवा नहीं कर सकता जिसने पढ़ना है मेरे पास आके पड़े और जहाँ सब बच्चे बैठते हैं वहीं पढ़े हारू रशीद कहने लगा हजूर आप क्या समझते हैं मैंने भी तो आपको आजमाने के लिए मुलाकात है ये वही आके पढ़ेगा जहां सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं अब तो रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है स्कूल के उस्ताद का तो मुझे नहीं पता पहले मदरसे का उस्ताद तो रोज बेचारा हाथ बांध के चौधरी साहब ने से मेरे मुंडे ने मारे तो आठ हजार का मौलवी है और मेरा बेटा तो आठ हजार के रोज गोल खा जाता है मेरे बेटे को तूने मारा तुझे तो अपनी असीयत का पता है रोज उसताद कटहरे में खड़ा होता है बच्चे फ्री में मुफ्त में आजी मुफ्त में फटकराते खुदा जाने मुफ्त कितनी मुश्किल से इदारा चलाता है और बच्चे के माँ बाप कहते हैं बुलाओ मौली साहब को उसकी ताकत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारा है वो मौलवी वो जो कल दाने लेने आया था वो आज मेरे बच्चे को मारेगा ये रवैया है हमारा हारू रशीद बादशाह ने अपने बेटे को इमाम निसाई के पास पढ़ने बिठाया एक दिन हजरत है कहाँ लोग कहते हैं बस बस बेटा ठीक है सीधा सीधा तू दीन सीख के आया किसी दरवेश का मुरीद होना और किसी आलिम की नौकरी करना तू बिल्कुल ठीक है पीरसा भी रखे ये क्या तेरा तरीका है तू तो पीछे लग गए ये किस तरह का देरा रवैया हारून रशीद बादशाह हारून रशीदारे उसद है इमाम निसाई निशाही राम के पास बेटा पढ़ता है हारू रशीद गुजर रहा था तो बेटा वजू करा रहा है शेदादा बुजू करा आ रहा है उस्ताद जी को और पैर दुल्हा है हारून रशीद घोड़े से गुजरा तो उसने देखा खानका के बार मदरसे के बाद उसताद जी वजू कर रहे हैं और बेटा करा रहा पकड़ी है है लोटा पकड़ा है। पैर धो रहे हैं गुस्से से उतरा सिपाही थे उन्होंने रारूल रशीद ने जाके ना जोर से एक थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पर मारा बेटा कहने लगा मेरी गलती क्या है मानने लगे तुझे तो पता ही नहीं तो किस शख्स के पास पड़ता है तू पानी डाल रहा है तेरे उद को अपने हाथों से अपने पैर धोने पड़ रहे हैं बेवकूफ एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो तुझे पता ही नहीं कि ये शख्स जब नबी पाक से बयान करता है तो कईयों को मुस्तफा का दीदार नजीब हो जाता है ये पता नहीं तू किस मुहदस का शागिर्द हाथ से पैर पे पानी डाल दूसरे हाथ से धो इसलिए कि बान इल्मों जो करे फीवाना अगर में तो इससे इल्म आसल बेटे याद रख अगर बारगा में आखिरी देगा तो तू आगे बढ़ेगा हजरत उम्र बिन अब्दुल अजीज इतना बड़ा शख्स है सानिय उमर कहा गया सानिय उम्र कहा गया हजरत उम्र बिन अब्दुल अजीज रजरत साले बिन किसान एक मुदस्ते मदीने के उनके शागि थे बच्चों को हम आज जी कहाँ बच्चे अदब करते हैं साथ ही साथ कहा अदब करते स्टूडेंट मुझे कहने लगा कहने लगा जी हम अदब करते थे जब तक उस्ताद ट्यूशन नहीं लेते थे अब उस्ताद भी तो ट्यूशन लेके पढ़ाते हैं और मैंने कहा खुदा के बंदे क्या दे सकता है तू तो उस्ताद को हजरत अली फरमाते हैं जिसने एक लफ्ज पढ़ाया मुझे गली में खड़ा करके बेच भी सकता है उन्हें कीमत क्या डाली है उस्ताद कुछ भी कर ले उस्ताद में तो उस्ताद ही रहना है ना मेरे भाई लेकिन वो लबो लहजा हमारा मौजूद है मुझे एक दफा मेरे कॉलेज के लोगों ने बुलाया कहने लगे आप यहाँ भी पढ़े हुए हैं और मदारस में भी तो जरा फर्क बयान करें कॉलेज का और मदरसे का कुछ बयान करे मेरे टीचर्स भी थे बहुत सारे तो मैंने कहा माजरत के साथ यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बात करना लेकिन एक जुमला मैंने मदरसे और कालेज में एक फर्क महसूस किया है हमारा मदरसे का तलेब इलाम आदमी हमारे जूते उठा के आगे रखता है वो आज भी उस्ताद की मोटरसाइकिल को टाकी मारता है आज भी साफ करता है हमारा मदरसे का तालब इलम आज भी उस्ताद को पुष्ट नहीं करता लेकिन कॉलेज का तालब इलम पूछता है वो इस्लामियाला आया है अंग्रेजी अला आया है मैंने कहा उसके तो लबोल है अदब नहीं है इसलिए मैंने दोनों जगह वक्त गुजारा तो मैं समझा हूँ बड़े हालात खराब है, है तो, तो रुख्सत हो गया वहां तो मामला और तरह का हो गया इला माशाज उमर बिन अब्दुल अजीज जनाबिन के, के पास पढ़ते थे स्टूडेंट और फिर बाद में आप उनके मुरीद भी हुए बकायदा दर्श लेते थे तरीकत का जनाबे सिर्फ के, के पास तालीम पढ़ाना तरबियत भी जनाबे अब्दुल दिन उस वक़्त मिस्र में बहुत बड़े थे के तो का, ना ना का सलाम जनाबे उमर तो बिन अब्दुल अजीज खड़े हो गए एक रकत उनकी रहती थी तो आपने नमाज के बाद बुलाया और बड़े मीठे लबोल है जो कहा उम्र क्या बात है तेरी एक रकत रह गई तो कहने लगे उस्ताद जी मैं कंगी कर रहा था शीशे के आगे खड़ा था तो आईना देखते देखते बाल सवारते सवारते मुझे पता ही नहीं चला जब आया हूँ तो आपका बेटा मेरी पूरी फरमा बरदारी नहीं करता कल को मुझे ना कहना तरबियत सही नहीं हुई आज फलांत तारीख को उसने एक रकत पूरी छोड़ दी है जमात के साथ इसलिए वो कंगी कर रहा था बालों की पूरी रकत छोड़ दी है बाजी बहुत बड़े ताजर थे पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मॉलवी तो पागल हो गया तो है ठीक हो, हो जाएगा, जाएगा। हजरत पैसे दे के घोड़ा दे के पर मैं मदीने जाऊंगा और सीधा मदीने आया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को घर से उचका बुलाया नहीं जबरदस्ती पकड़ा उचक के घोड़े पे बिठाया हजाम की दुकान पर ले गए पर मैं इसकी टेंट कर दिया ने बाल काट दिए और बाल कटवा के सीधे तो आप जरा जरा से भी बात एक जर्रा बराबर भी जर्रा बराबर भी बच्चे के अंदर हम कोता ही बर्दाश्त हम इसे संवारना चाहते हैं मुआरे को देना चाहते हैं हम एक खूबसूरत इंसान बनाना चाहते हैं तो हजरत लुकमान करने लगे बेटे तू चेहरा रुखसार, बदल बदल के लोगों से बात न कर अकड़ के न चल इसलिए दरम्यानी चार चल आवाज को पस्त रख। हम अपने बच्चों को मेयाना रवि का दर्श नहीं देते अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे है तो वो बस कहता है मेरा बेटा मैं सारे लाड देखे हैं मैंने हर ख्वाहिश पूरी की है ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं जरूर आज पूरी करें अगर है तो कुंजूसी करने से मना किया नबी बात लेकिन बच्चे को मोत दिल रखें उसे धूप और छाँव दोनों का पता होना चाहिए अगर जमाने में कभी कड़ी धूप आ जाए तो उसे अंदाजा हो कि मैंने यहाँ कैसे खड़े होना उसको उसको दरम्याना और म्याना रवि का उसे दर्श दें उसे पता वो नरम दिल भी हो और बुराई के मुकाबले में डट जाने की ताकत भी रखता हो। बच्चे को रास्ता मेरे नबी करीम, सलातु सलाम ने फरमाया आलम जो दरमानी चाल चलता है वो कभी तंग नहीं होता और खैर तू सबसे बेहतरीन रास्ता वो है जो दरमियाना होता है इसमें अफरा तो तफरी नहीं होती बच्चों को दरम्याना पन उनको, उनको उनको उनके के अंदर ऐसा मिजाज पैदा करें कि जिसके अंदर वो अपनी दुनिया के अंदर बड़े समर कर बड़े निखर कर वो तराजू लेके निकले तो वो पूरे अदल के साथ अपनी जिंदगी गुजारें और फरमाया वक्त आवाज को पस्तरा चिल्ला चिल्ला के ना कभी बच्चों से बात करें और ना कभी बच्चों की बात सुने, सुने। बच्चों के लबो लहजों में ठहराव होना चाहिए उनकी आवाज का भी अदब है उनकी आवाज उनको बोलने का भी ढब सिखाएं उनको बतलाएं कि तुमने गुफ्तु कैसे करनी है इसलिए इर्शाद फरमाया इन्ना अनकरल असवा बेश सबसे बुरी आवाज़ गदे की आवाज है अल्लाह समझने की तोहफी कता फरमाए आखिर